हालत खराब है वो तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं नहीं तो तुम तो तो बहुत चौंकोगे, कि कैसे ब्रह्मा कैसे विष्णु कैसे महेश इनमें भारी ईर्षा चलती कलह चलती झगड़ा झांसा चलता सब तरह की राजनीति चलती सब तरह के उपद्रव सब तरह की चालबाजियां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 और सज्जन भी गजब के कि खड़े ही रहे सज्जन कम से कम कम से कम खांसते खकारते इनने खांसा खकारा भी नहीं कुछ थोड़ा इशारा देते कि भाई हम आ गए बिना ही खांसे खकारे खड़े रहे छह घंटे तक गजब के सज्जन रहे होंगे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 दस दिस्मोथी आचित